हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप YouTube वीडियोस के लिए किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करना है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन मेथड बताने वाला हूं कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है इस ट्रिक को यूज़ कर लिया ना आपकी वीडियो को खुद YouTube सजेशन में भेजता है एंड आपको वीडियो को खुद यूट्यूब ही रैंक करने लगता है दोस्तों ये इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देख लेना आपको पता चल जाता है किस तरह से मैं कीवर्ड रिसर्च करना है एंड किस तरह से मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन में उस कीवर्ड को डालना है किस तरह से आप अपनी वीडियो को वायरल करवाना है दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है एंड आपको मेरी चैनल पहली बार विजिट करे हो तो ज़रूर लाइक कर देना एंड अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो यार एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों पहला मेथड ये है कि YouTube सर्च इंजन दोस्तों आप YouTube पर ग्रो करना है YouTube पर आप वीडियोस अपलोड करना है इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि YouTube सर्च इंजन आप जान लो एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर आप आउ टू क्रिएट YouTube चैनल इस तरह सर्च करने से आपको YouTube खुद रेकमेंड कर रहा है कीवर्ड्स इस कीवर्ड को को ले लेना एंड आपको लगा देना चाहिए डिस्क्रिप्शन टैग्स में एंड आपको टाइटल में भी इस कीवर्ड को आप ऐड करना है वीडियो के एंड में बताता हूँ किस तरह आपको कीवर्ड ऐड करना है यहां पर आप देख सकते हो YouTube बहुत सारे कीवर्ड आपको दे रहा है इस कीवर्ड को आप यूज़ कर सकते हो ये तो पहला मेथड हो गया एंड चलते हैं मेरी सेकेंड मेथड की तरफ वो है प्लगइन्स कुछ प्लगइन्स को आप यूज़ करना है यूट्यूब में ग्रो करने के लिए पहला प्लगइन है ट्यूब बड्डी इस ऐप बहुत सारे यूट्यूबर्स बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं एंड मैं भी ये यूज़ करता हूं इसलिए आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ ये दोनों ऐप विद आई एंड ट्यूब YouTube से सर्टिफाइड ऐप्स हैं इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ पहला है कि ट्यूब बड्डी ट्यूब बड्डी को आप ओपन करिए लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है हाउ टू क्रिएट YouTube चैनल यहाँ पर सर्च करते ही आपको कुछ इस तरह का बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पर आ चुका है ये इस कीवर्ड को आपको कापी कर लेना है डिस्क्रिप्शन में आपको पेस्ट कर देना चाहिए सेकेंड स्टेप एंड चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ वो है विडाई क्यू दोस्तों इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि विडाई क्यू के बारे में फुल ट्यूटोरियल मैं आपको पहले ही वीडियो बना चुका हूँ फुल डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ आई बटन में उसके लिंक में देता हूँ वहाँ पर आप देख सकते हो विडाई क्यों से आपको विद इन वन मंथ में आपके चैनल आप कैसे ग्रो कर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको तीन मेथड बता दिया लेकिन आपको और एक मेथड बताने वाला हूँ ये सीक्रेट मेथड है दोस्तों तो आपको यूट्यूब वीडियो अपलोड करते टाइम यहाँ पर आपको आउट टू तो क्रिएट यूट्यूब चैनल इस तरह का आप टाइटल लिखते हो लेकिन उस पर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है किसी ने बड़े यूट्यूबर ने उस जगह को ले लिया है यहाँ पर आपको क्या लिखना है जोस्तों देखिए आउ टू क्रिएट YouTube चैनल यहाँ पर आपको देख सकते हो इस टाइटल को आपको थोड़ा उधर इधर करके लिखना है आउट टू क्रिएट YouTube चैनल इन मोबाइल इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इस तरह से लिखना है उसको देखिए कॉपी टाइटल को YouTube सजेस्ट नहीं करता है इसलिए आपको कुछ टाइटल को चेंज करके लिखना है एंड आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है डिस्क्रिप्शन में आपको पेस्ट करी हुई टैक्स को आप कीवर्ड को यहां पर पेस्ट कर देना है क्योंकि टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन दो तीन मैच करना है यूट्यूब अपनी वीडियो को खुद रेकमेंड करता है तीन आपको मैच करना है दोस्तों इस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च करके आपकी यूट्यूब वीडियो पर रेगुलरिटी रख के कंसिस्टेंसी रख कर काम किया तो आप बहुत जल्दी यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हो इस तरह से कीवर्ड रिसर्च करना है आपको तीन मेथड बता दिया पहला मैथड यह है कि यूट्यूब सर्च इंजिन एंड सेकेंड मेथड यह है कि ट्यूब बड्डी एंड थर्ड मेथड यह है कि विडाई क्यू मैं फ़ाइनली उम्मीद करता हूं कि आपसे आज की इस वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा आया तो मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब तो नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही साफ मिलते हैं